हाँ तो कितने बाल काटने आपके इतने कि मेरी मम्मी के हाथ में नहीं आई और आपके कितने काटने हैं मुझे तो गंदा है कर दो। भाई हा? एक जोक सुनो सुना तेरी शक्ल बहुत अच्छी है थैंक यू देख तो नेट कितना बचा हुआ है माई जियो 500 mb बचा हुआ है मतलब 2 gb मिलता है उसमें 500 mb बचा हुआ है 500 तो बहुत ज्यादा हो गया ना 2000 mb मिलता है उसमें 500 mb बचा हुआ है लेकिन दो और लिखा रहता है दो किलो मिलता है उसमें 500 ग्राम बचा हुआ है डेढ़ किलो खत्म ऐसे बोलना चाहिए था मेरे की ये दुआ है, कभी तूर तूर दो दिन दो दिन आई। जल्दी है, जल्दी जल्दिया जल्दिया जल्दिया बहन क्या है पानी, पानी, पानी! अब बता क्या हुआ कुछ नहीं प्यास लग रही थी बहुत <laughs> <laughs> पता है मैं बचपन में बहुत ताकतवर थी अच्छा कैसे मम्मी कहती थी जब मैं रोती थी तो पूरा घर साथ में उठा लेती थी <laughs> दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का नाम बताओ अच्छा इतने दिन हो गए अपने बेस्ट्रेंड को एक शायरी तो बोल दे तेरी सुंदरता सबको भाती है तेरी सुंदरता सबको भाती है सच्चाई तो मुझे बताए तो दस दस दिन तक नहीं आती है दे, दे, दे। हाँ वे भी, भी कर दिया रिचार्ज शर्म आ रही है आपको यहाँ मैं चार दिन से बीमार हूँ दवाई के लिए पैसे नहीं है और आप लड़कियों का रिचार्ज करा रहे हो <laughs> बहन प्लीज भगवान ने भाई किसी को ना दे ची। मेरी बहन चार दिन से बीमार है और मुझे पता भी नहीं ये मैंने क्या कर दिया बेबी रुको ना भाई को अब भी चुरन दे के आई पैसा मिलने तो रिचार्ज कराती हूँ